सिंगरौली में आयोजित दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें महिला वर्ग में माया राम कॉलेज व पुरुष वर्ग में चाचर की टीम विजेता बनी सिंगरौली के एनसीएल स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें महिला वर्ग में माया राम महाविद्यालय की टीम मैडोली टीम को पराजित कर विजेता घोषित हुई वही पुरुष वर्ग में चाचर की टीम ने तेरा को पराजित किया चालीस वर्ष से ऊपर के वर्ग में ओलिस गोल्ड की टीम पुलिस सिंगरौली को पराजित कर चैंपियन बनी वहीं पुलिस की टीम उप विजेता घोषित हुई समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक राम लल्लू विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राम सुमरन गुप्ता व भाजपा नेत्री आशा यादव मौजूद रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण